मैं बचपन से ही बेरी बेरी बेरी प्रो बेरी अल्ट्रा प्रो प्रो अल्ट्रा ऐसी बताने की जरूरत नहीं होगी यार भाई भाई। और खुद की तारीफ खुद से करना मुझे अच्छा नहीं लगता सही बोला। वैसे भी कुत्ते हजम नहीं होती है, इतनी क्या बात भगवान बेचारे की आत्मा को शांति दे वैसे पाप वगैरह मन ने करना छोड़ दिया लेकिन क्या करो भगवान इसकी भी आत्मा को शांति दू साले ने मेरा जिंदा दोस्त मार दिया इसने ये तो बस ट्रेलर ये मेरी जान लग रहा बावला हो गया ये <laughs> ये तो बहुत ही फ्लॉप पिक्चर निकली एकदम आदि पुरुष के जैसे यार <laughs> और आजकल क्या बताओ यार जब तक पूरी स्क्वार को ना खत्म करो तब तक तो कोई प्रो मानने के लिए तैयारी नहीं है तो ठीक है ये लो पूरी स्क्वार खत्म हो गई मान लो मेरे को भी मैं भी प्रो हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो चलो चलते हैं भाई कल मिलते हैं भैया ये बड़ी अच्छी बात कही यार